IPhone X, दुनिया बेच रही है महंगा आपके यहाँ कितने का यार कोई का वो भी देखिए थ्री परसेंट बैटरी के साथ क्या बात मतलब कट्टे के कट्टे हैं कितने का दे देंगे हाँ जी आई फोन एक्सार्ट कर देंगे सिर्फ तेईस रुपए से वो, वो तेरी दिखाना मतलब ऐसी कंडीशन है ना कहेगा मतलब लूट लो तो भैया गूगल पिक्सल कितने के दे रहे हो एक पीस मांगो, दस मांगो, मांगो, सारे मिलेंगे ग्यारह हजार के, ग्यार के लेनो नहीं एसी देखे हमने कभी बॉक्स वाले मैं आपको तो चीज दिखा तो यार देखो पन्नी पैक वाले एसी मिल रहे मतलब पूरी आज। फोन की बात करें तो होए गट्टे के गट्टे क्या पैसे हैं कितने से लग यार, आपने कभी देखा 6000 में हो।, गुण गुण गुण हो रहा है। छह हजार गिफ्ट हाँ जी एक फोन नहीं दो फोन जितने लोग आपको फोन लेने सबको दूंगा फ्री गिफ्ट वो तेरेगी मतलब ये जितनी भी चीज देख रहे हो ना ये सब लोग के लिए फ्री गिफ्ट है IPhone 12 आजकल बहुत लोग कह क्योंकि ये सेल आज होने वाली तबाही बनी वो सब एवरी बड़ी क्या हाल चाल है सभी लोगों के भाई तुम्हारा भाई आ चुका है लक्ष्य के पास हेली डू फैमिली वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो न्यू वीडियो तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार और शानदार होने वाला है क्योंकि क्यूँकी आज मैं आ चुका हूँ आपको मतलब देखो ऐसी, ऐसी ऐसी सेल है ना सब फीकी पड़ जाएंगी क्योंकि आज मैं ऐसे स्टोर पे आया हूँ और 12 पे तो ऐसी डील दे दूंगा ना रेड कलर में आपने कभी प्राइस सुने होंगे क्या और ना कभी फोन के प्राइस ऐसी वाली मतलब क्या है कुछ फोन पे ऐसे कुछ इन्होंने सेल से परचेज करे हैं कुछ ब्रांड न्यू है कुछ ओपन बॉक्स है कुछ सेकेंड हैंड और सब पे डिलीवरी फ्री रहने वाली है आपको डिलीवरी का एक रुपया देना जो वीडियो में प्राइस बता रहा हूँ सिर्फ और घर बैठे मिलूंगा जो हो स्टोर क्या चाहिए और क्या ही चाहिए क्या चाहिए वो भी देंगे जो चाहिए आपका जी 33 ये वाला दूसरे का अगर आप नगर में आ हो, ये रहे होगा गूगल मैप्स में डिस्क्रिप्शन तो तो में छाक लेना है कहा शुरुआत करेंगे डील से और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दो ऐसे दे दूंगा जो आपको कोई नहीं देगा फोनो की कंडीशन ब्रांड न्यू रहने वाले चाहे आपको फाइव ले रहे हो 12 pro ले रहे हो 12 ले रहे हो कोई भी फोन लोग आपको ब्रांड न्यू कंडीशन मिलने वाले पिक्सल का स्टॉक इतना लोड कर दिया मार्केट में है नहीं हम आपको एक नहीं दो नहीं दस पीस मांग क्या कट्टे नीचे भी है मतलब ऐसे ऐसे पीस जिसके अंदर आपको एक टाइम पे बहुत टाइम पहले मिलती है हम आपको आज के टाइम पे वही चीज देने खुलने का नाम नहीं ले रही है चीज मतलब दिखा मतलब रही है क्वालिटी होए होए मतलब पूरा एकदम ओरिजिनल है ओरिजिनिजिनल हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल रहेगा अगर भैया कोई साबित कर देगा भैया ये फोन क्लोन है तो, तो फोन भी उसका और पांच हजार रुपए का नाम भी उसको मतलब मेरा ट्राईपोर्ट ले जाना है और क्लोन है तो भैया क्लोन आपका फोन भी आपका क्या बात है मुझे स्टार्ट करेंगे नहीं खाली अभी बताना मन कितने में मिल रहा है बट टर्म्स एंड कंडीशन बताओ टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे वीडियो को अपने प्यार देखो मैं नहीं चाहता प्यार, प्यार देना आपको अगली बार जब सूरत बनाने की सोची ना होगी भाई पैसा होगा इस पर क्योंकि आपको बता होना चाहिए कितना मार्केट में हाई पेस की और भैया ने कट्टे खरीदे सेल में फोन आपको मतलब मिलेगा कितने से हो जाती है से कर देंगे ठीक okay. है फाइव से स्टार्ट करेंगे 12 तक जाएंगे okay. जो आपको डील में मिलने वाला है मतलब ट्वेल्थ तक जाएंगे स्टॉक दिखा देता हूँ एक बार ये दिखा, दिखा बारे बारे। ये मतलब सारे के सारे होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखो और मुझे नहीं पता एक चीज और जी सूरज के जितने भी YouTube फैमिली मेंबर सबको हर एक फोन सा गिफ्ट भी क्या बात है मतलब गिफ्ट जाएगा कोई भी गिफ्ट कोई फोन लो गिफ्ट साथ में जाएगा तो चैनल का नाम बता के देखो कॉन्टेक्ट करना तो ज्यादा बेटर है बेहतर से आपने बोला भैया सूरज की वीडियो देख के आऊँ तभी आपको गिफ्ट मिलेगा ठीक हाँ, है सूरज नहीं मिल तो जाएगा नहीं भैया नहीं मिलेगा छोटे से बच्चे से तो इसका क्या पैसा होने वाला है बोक्स? इसका पैसा है, रहने वाला है आपको कंप्लीट 6500 में मिलेगा वो एक्सीज सारी ओरिजिनल है सारी ओरिजिनल और टू जेड आपको लीड भी मिलेगी चार्जर मिलेगा केबल भी मिलेगा बिल भी मिलेगा फोन में मिलेगा तो ब्रांड न्यू मिलेगा बॉक्स देखो यार कितना शानदार बॉक्स बना रखा है सारा बॉक्स के साथ जाएगा दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे क्या वेरेंटी होगा ंड्रेड सिक्स हंड्रेड पैसठ सौ रुपए में नया वाला पीस पुराना नहीं देगा ऐसी बहुत डिमांड है अच्छा। मतलब कि अभी भी हमारे इंडिया में काफी गाँव ऐसे है जहाँ पे आई का भी नाम निशान नहीं है वो आई यूज करना चाहते हैं मतलब इस रेंज में आपको आई मिल रहा है जिसमें फोर जी सपोर्ट हो क्या चाहिए आपको बताओ मतलब फाइव लेके रंग बिरंगे इसमें आपको कलर ऑप्शन चार मिलेगा ब्रांड नुले सील क्या है मतलब अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देते हैं गिफ्ट करना <laughs> किसी को भी देना हो गो मतलब बात करें नहीं होती है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा नहीं आता दोपहर बैटरी हेल्थ का भी थोड़ा आई फोन में ज्यादा हुआ लगता है तो आप आईफोन चला रहे हो ना अगर आपको यार थोड़ा स्टैंडर्ड अपना दिखाने की भैया हम आईफोन चलाते हैं आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा क्योंकि आई फोन का एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन थोड़ा बैटरी बैकअप कम होता है लेकिन आई चलाने का मजा ऐसा होता है आप एक बार ये आईफोन चला लोगे ना दोबारा आप Android पे शिफ्ट नहीं आईफोन ही लो नाबारा कलर में जो चार ऑप्शन आपको व्हाइट मिल जाएगा पिंक मिल जाएगा ब्लू मिल जाएगा इसमें आपका ग्रीन भी आता है तो इसका पैसा रहने वाला सिर्फ छह हजार में आपको फ्री शिफ्ट मिल जाएगी बत्तीस जीबी रहना है थर्टी टू ठीक है फाइव अब चलते हैं पे के देखो यार ये ब्रांड न्यू इसकी बैटरी ओरिजिनल रहने वाली हैं कंडीशन देखो मतलब आपको ये फोन भी आने लगे बिकने के लिए अगर ये आज कह रहा फटाफट दिखाओ पहले मुझे हैं जी। तो आप फटोट सकते वाला और इस, तो, मार्केट में दस ग्यारह बारह हजार का बिग रहा है किसी को ज्यादा वेरियंट चाहिए तो क्या पैसा जाएगा आपको आप सिक्सटी फोर चाहिए तो ये आपको पड़ेगा ट्वेल्व फाइव हंड्रेड का न्यू पीस हांजी एक okay. स्क्रैच नहीं मिलेगा सबसे पहले आप यहाँ पर कंडीशन देखो भाई ये देखो भाई माहौल हैं आगे बढ़ते हैं इसका प्राइस आने वाला ट्वेल्व फाइव हंड्रेड फ्री शिपिंग मतलब बार पाँच सौ दो और फोन ले जो। अगर यही आपको यूज में चाहिए चौसठ भैया वेरियंट में दो तो अगर किसी ने अब इसी का दूसरा कलर है ये वो स्पेसा जी इसका क्या पैसा होने वाला है सेम बारह पांच सौ बीस कौन सा काफी ज्यादा अच्छी है इसकी लुके लग रही है देखो, रोज देखो भाई भाई देखो देखो रखे कैसे हैं है, तो एकदम ऐसे कच्चे पीस है कंचे सबसे पहले आप यूज करोगे बच्चा कहेगा ना आप बोल ही नहीं सकते भैया मैं सेकंड हैंड फोन लेके आया आऊँ नया पीस दे रहा हूँ आपको न्यू पीस क्या और क्या? इसका प्राइस सूरज की वीडियो में हांजी अठारह हजार फ्लैट अठारह फ्लैट फोर जीबी अट्ठारह हजार का मिल रहा है आई फोन एट ये आई फोन एटीज ओल्डॉप की वारंटी वगैरह होगी स्टोर की होगी बिल्कुल रहेगी हमारी इसकी फिफ्टीन डेज की हमारे स्टोर वारंटी ठीक है कोई दिक्कत आती है तो आप ये सील वारंटी इसीलिए लगा रखी हो ताकि पंद्रह दिन के अंदर आपको इश्यू आता है तो आप, आ, आप हमें आके दिखा सकते हो आई फोन एट में आपको ब्लैक मिल जाएगा सिल्वर मिल जाएगा रोजगोड मिल जाएगा तीन टाइम आपको मिल जाते खतरनाक जेड ब्लैक कलर लग रहा है मेरे को ब्लैक जेड ब्लैक नहीं लग रहा है मेरे कोई नहीं अच्छा लग रहा है फोन क्या पैसा रहने वाले वाला आपको पड़ेगा सिर्फ ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीजी एक हमारे लिए रुका हुआ है एक परसेंट बैटरी है इसमें में से इनमें वारंटी वाले नहीं है क्योंकि कई कस्टमर कहते हैं भैया हमें वारंटी वाला चाहिए लेकिन उसमें पैसा मेरा आपका ज्यादा होता है इसी में आपको न्यू पीस देते हैं लेकिन उसके पैसे इतने कम हो जाते हैं आपके भैया यही वाला पीस दो कहाँ यही वाला क्या मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी पार्ट यूज है वो आपको बताएंगे ओरिजिनल ऑरिजिन चेक कर सकते हो कोई पार्ट आपको रिप्लेस नहीं मिलेगा इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है हम आपको बता के देंगे ऐसा नहीं है आपको भेज दिया भैया ये दिक्कत है ऐसा कुछ हमारे यहाँ मिलता जो होता है आपको पहले ही बता के देते हैं क्या वाला मतलब किसी के साथ धोखा नहीं करते यार हमारा आने इसके भाई 8 पे ट लोग का न्यू पीस आपका रहने हैं ये वाला है ये पड़ेगा फ्लैट ट्वेंटी का फाइव हंड्रेड कांड्रेड जो सबसे आप यूज करो मतलब किसी ने आज तक यूज नहीं करा हुआ क्या प्लस के बाद चलते सेवन रहतेवन दिखाते हैं मिलेगा बॉडी पे रोज गोल्ड कलर कितना प्यारा लगता है सेवन में इतनी ज्यादा डिमांड है नी हाँ जी थर्टी टू जीबी में रहने वाला आपका ये ठीक है okay. तो थर्टी टू के प्राइस रहेंगे फ्लैट ट्वेल्व थाउजेंड में आपको आज की वीडियो दे में देंगे ड्रॉप करें यार करे सात मतलब अभी भी आप मार्केट में जाओगे तो तेरह हजार साढ़े तेरह हजार डेमो बीच ली हम आपको फ्लैट कोई भी कलर ले लो दो कलर ऑप्शन मिल रहे मतलब काफी ज्यादा कलर से ऑप्शन मिल रहे हैं एक सौ अठाईस जो भी सूरज है आपको मिल जाएगा चौदह फ्लैट फोर्टीन थाउजेंड का क्या सौ अट्ठाइस चौदह 14000 का मिल रहा का। है ठीक है इस ज़्यादा जल्दी है इसमें अभी डील आपको दिखाएंगे तोड़ देगा बैटरी हाल कई कहते हैं बैटरी बताओ साहब नाइनटी थ्री परसेंट बैटरी थ्री परसेंट मतलब कितना प्यार है की फोन की क्या हालत है सही बात है ठीक है सिक्सटीन फाइव हंड्रेड का ठीक है 93% बैटरी के साथ। ओके। ओके। अब चलते हैं 6s ये हमारे पास 64gb में पड़ा हुआ है। okay. इसकी काफी ज़्यादा मतलब डिमांड आती है क्योंकि इसका साइज़ XR जैसा होता देखो, है। कई लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए मजा आया चलाने में मजा आ जाए ठीक है, है? देखो यार। ये आपको बैटरी अच्छी मिलेगी इसमें जीबी का प्राइस जाने सिर्फ टीन थाउजेंड रुपीज थर्टीन थाउजेंड तेरह हजार रुपए तेरह हाउस ये आप सिक्स प्लस लोगे सिक्सटी फोर जीबी ये भी सिक्सटी फोर था यह भी सिक्सटी फोर है सिक्स प्लस सिक्सटी फोर जीबी लोग आपको दे देंगे सिर्फ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दस हजार पांच सौ रुपए महंगी बात चीज है एंड्रॉइड में कवर करेंगे पहले स्टार्ट करते हैं फिर एक्स सेक्स एक्स में आपको टू फिफ्टी सिक्स जीबी हमारे पास पड़ा हुआ ये देखो कई लोग कहते हैं भैया दो एक्स सिल्वर में टू फिफ्टी सिक्स जीबी पैसा दे देंगे इसका कितना अठाईस सिर्फ चौसठ जीबी के प्राइस में दोस्त ले जाओ होए ले लो दो यही इसमें आपको मिल जाएगा सिर्फ कितने का दे रहे सूरज सत्ताईस पांच सौ ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड का दे देंगे एक्स जो नॉन यूज रहेगा जो आज तक किसी ने यूज नहीं करा हुआ ठीक है यूज वाला दे दो ये अब ये भी अन यूज पीसीज दोनों तो ये आपको 27, के अगर आप इसी में चलो तो तो तो तो पांच सौ रुपए कम कर दिए छब्बीस हजार पांच सौ पांच सौ रुपए कम है छब्बीस हजार छब्बीस हजार ट्वेंटी वेरेंट वेरियंट वेरेंट है अगर यही आप लेते हो टू फिफ्टी सिक्स तो पच्चीस सौ देखें आप ओ, दो और दो हजारीज करा सकते हो आपने स्टोरेज इसके भाई पे ये कौन सुना नहीं होगा एक्सेस बॉक्स वाला देगा टू फिफ्टी आपका है, दे ट्वेंटी बस मैं आपको चार्जर भी दूंगा बिल भी दूंगा फोन भी दूंगा कंडीशन देख ही रहे हो आप मतलब और बैटरी हेल्थ आप किस सुनोगे हंड्रेड परसेंट बैटरी हेल्थ रहने वाली है इसमें। हंड्रेड परसेंट बैटरी हेल्थ के साथ ट्वेंटी आगे बढ़ते में आपको चाहिए अनयूज भैया दे दो स्वैप किट मिल जाए जो आता किसी ने यूज ना करो ठीक है ये देखो पन्नी तक चढ़ गई है इस पर फ्लैश पीछे जल है इसकी तो ये आपको दे दूंगा कितने का दे दे सूरत ये देने बत्तीस हजार अगर अन यूज चाहिए तो आपको मिल जाएगा सिर्फ तीन हजार बत्तीस ओके अब यही चाहिए तो नॉन फेस आई में आपको एक्सेस मिल जाएगा ठीक है ये आपको पड़ जाएगा फ्लैट तेईस हजार पाँच सौ रुपएगा तेईस हजार पांच सौ इसका बॉक्स भी आपको बॉक्स में मिल जाएगा बॉक्स भी मिलेगा तेईस पांच सौ में एक्सेस नॉन फेस आईडी आपको हम दे देंगे अभी एक्स में नॉन फेस आईडी चाहिए हो इसकी देखो जरा बैटरी ऑन ऑन है इसमें बैटरी फटाफट दिखाते हैं आपको बैटरी हेल्थ इसमें आपको मिलने वाली है 91 परसेंट आपको मिलने वाली है आ आ गया आ गया आजकल अपग्रेड तो जैसे फिफ्टी वर्जन अपडेट करोगे तो पूरा अपडेट हो ये इसका मैसेज जो आ रहा है वो हट जाएगा क्योंकि 91 बैटरी हेल्थ में कभी मैसेज नहीं आता तो ये अपडेट मांग रहे हैं जैसे फिफ्टी वर्जन अपडेट हुआ नाइन बैटरी हेल्थ के साथ आपको दे देंगे आईफोन एक्स सिर्फ इकी रुपए का जिसमें फीसडी नहीं चलती नहीं चलती है ठीक है एक्सआर पे आते हांजी फ्लैट okay, एक्स के, एक के प्राइस में साइस हजार में सौ रुपए हजार है ना ऑल ओके रहने वाले फेस आई सब कुछ चलता है इलेवन का आते हैं इलेवन वन ट्वेंटी आपको मिल जाएगा इसमें बैटरियाँ चेक कर लेते हैं फेस आई ऑल सब कुछ वर्किंग रहने वाला है जी और मतलब आपको पता कि इसके प्राइस काफी ड्रॉप हुए हैं 87 बैटरी हुआ है दे आपको थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड रुपीज़ का थर्टीड अगर ये आप तीन चार दिन बाद लोगे तो यही इसके प्राइस फिर बढ़ जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा 40000 हज़ार का भी लोग आज एक दो दिन के अंदर छत्तीस हजार पांच थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड आपको मिल रहा है तो आई फोन हमने बता दिया इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा ये वाले दिखा दिए थे वैसे हाँ ये दिखाता हूँ iPhone SE, okay. iPhone SE, पुराने देखने को मिलते हैं हैं। हैं। हम आपके लिए नए लेके आए होए होए होए मतलब brand new pieces रहने वाले हैं। ये देखो बात चीज महंगी। सारी ज आपको इसके साथ मिलेगी मतलब इसका आपको चार्जर भी मिलेगा केबल भी मिलेगी ए टू जेड चीजें इसमें आपको मिलने वाली है ठीक है तो क्या पैसा होने वाला है इसका ये बताओ इसका पैसा हम आपको दे देंगे न्यू पीसेज वाले हाँ जी ये हम आपको दे देंगे चलो ऐसी रख देते चलो ऐसी में आपको केबल चार्जर सब कुछ मिलेगा एटी फाइव हंड्रेड में ब्रांड न्यू पीस आई फोन एस सी थर्टी टू जीबी रहे तो आई फोन एस में तीन चार पीस पड़े जो पहले ऑर्डर करे उसमें क्या पैसा था इनका पचास सौ एटी फाइव हंड्रेड में बॉक्स वाले पीसीस आपको मिल जाएगा गिफ्ट दे सकते हो किसी को गिफ्ट देते हैं कैमरा डेड ऑफ कैमरा यार ये देखो पिक्सल। मतलब ये देखो मतलब अगर एक आधा ऑन होगा तो मैं आप उसको एक मैंने खतरनाक है ठीक है बस एक बार फटो चलाने देख चौहान की दिखाते मतलब सूरज चौहान की आपको ये भाई का चैनल खुल गया ठीक है ये ये वीडियो वीडियो देखते सूरज आवाज़ आवाज़ देखो देखो इसकी किस ये इसकी वीडियो देखो देखो, तो देखो। है हो गई यार मैं तो तो खेलता सिर्फ सुप्रीम को और भैया गूगल पिक्सल पहले आते थे टाइम पे हम आपके लिएउंड ऑसम क्लैरटी तो इसकी आपने क्वालिटी बताई क्या वेरियंट आई है ये आपका पड़ेगा सिक्सटी फोर जीबी में पिक्सल न्यू यूनिट रहने वाले फ्लैट इलेवन थाउजेंड में फ्री शिपिंग के साथ और बात एक बात नहीं अगर किसी को क्वांटिटी में चाहिए तो क्वांटिटी में ये ये ले जाओ दिक्कत नहीं ऐसे ले, ले जाओ कोई दिक्कत वाली बात है आ, ठीक है ग्यारह हजार में सगुन का पैसा ले जाओ कलर के ऑप्शन थाउजेंड रुपीज थर्टीन थाउजेंड में तेरह हजार मिले हजार्लसन किसी को चाहिए आठ एक सौ में हाँ जी तो ये आपको पड़ जाएगा फ्लैट उन्नीस हजार रुपए उन्नीस हजार वाला चाहिए चार्जर के साथ तो ये आपको पड़ेगा बीस हजार रुपए बीस हजार रुपए का देखो कंडीशन दिखाता हूँ कंडीशन okay. सबकी ग्रांड न्यू रहने वाली है एक दो महीने की वारंटी बची है अभी इसमें क्या हो यह आपको पड़ जाएगा फ्लैट ट्वेंटी टू थाउजेंड फ्लैट फ्लैट के साथ हाँ जी बाकी काफी सारी चीजें मैं आपको दिखा दी है हर एक फोन के साथ आपको मिलने वाला है फ्री गिफ्ट गिफ्ट जितने सारे आपके इसमें से हम आपको केबल भी दे सकते हैं आप लोगों है, के लिए है पीछे केसेस लगे केसेस दिखा मतलब आप कुछ भी मांग सकते हो फ्री गिफ्ट है आपके लिए आप लोग ये केस दे दो हमें ये चार्जर दे दो कुछ भी दे दो आप लोगों के लिए परमानेंट बोल दिया इस वीडियो में जो वीडियो देख के आगे सूरज का लेगा फ्री गिफ्ट हमारे एक चीज रहेगी है डेली की बात कर लेते हैं हमें भी वही नहीं नहीं नहीं एक चीज रहेगी पीछे टैब टैब रह गए हमारे फिर बात करते हैं टैब रह गए ठीक है, थीख है।, है।, है। तो टैब आपको मिलने वाले ये देख सकते हो टैब आपको योगा का टैबलेट मिल जाएगा Amazon, अमेजोन फ्लिपकार्टर जगह सस्ता इसके लिए आप ओपन बॉक्स टैबलेट रहने वाले जिसमें आपको कंपनी से मिलेगी नाइन टू इलेवन मंथ की वारंटी मिठाई का डब्बा बैबलेट सारी ब्रांड की कंडीशन नौ ग्यारह महीने की वारंटी आपको मिलेगी चार्जर सीड पैक वारंटी मिलेगी ब्रांड वारंटी ठीक है यो का स्मार्ट टेबलेट मिल जाएगा लेनोवो एम टेन एच डी मिल जाएगा मतलब अमेजोन फ्लिपकार सारे ओपन बॉक्स कंडीशन रहने वाले आप इनकी भी क्यूरी डाल सकते हो एम, भी दिखा M7 दिखा मिल जाएगा, चाहिए आपको मिल जाएगा अभी एक जस्ट कस्टमर से आया थर्टी टू जीबी में फ्लैट ये आपको मिल जाएगा डील से? निकाल रहा हूँ उसके लिए हांजी ठीक है तो आईफोन ट्वेल्व हांजी ऑल ओके ऑल ओके मुश्किल से अभी चार पांच ही दिन चार पांच दिन हो रहे ब्लैक रेड कलर में आपको मिलने वाला है ठीक है प्राइस ऐसा दे दो ना कि अच्छी ना होगी ऐसा वाला प्राइस अगर आपकी YouTube फैमिली इस वीडियो पे करा देती है दस हजार लाइक्स जी और पांच हजार कमेंट ओके टाइम पंद्रह दिन दिन का नहीं है पंद्रह दशहरे तक का मतलब दशहरे पंद्रह अक्टूबर मतलब मुझे लगता कि आपकी फैमिली के लिए इनकी मतलब फैमिली के लिए कोई ज्यादा बड़ा लक नहीं रहा दस हजार लाइक और पांच हजार करेंगे और दस हजार लाइक दशहरे तक रिजल्ट रिजल्ट नेक्स्ट डे आ जाकर दशहरे तक करा दिया नेक्स्ट डे में और सूरत लाइव आएंगे और एक लकी विनर को देखे आईफोन ट्वेल्व सिर्फ इस, इस रेट में आपको ऐसा पैसा है तो जल्दी से मारो कमेंट लाइक मार कमेंट करो लाइक करो बाकी सारी चीज आपको दिखा लेना चाहो स्टोर विजट कर सकते हो डेली अपडेट के लिएग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह ये मिल जाएंगे यहाँ पे और कमेंट मार देना से बता रहा हूँ सीओडी नहीं है सीओ डी दे दो जैसी होगी हम आप खुद आपको बताएंगे लेकिन अभी सीओडी के लिए मत बोलना फ्री डिलीवरी है कोई पैसा लेकर सीओ डी लेते हो तो उसमें क्या होता है फिर डिलीवरी चार्ज लग जाता है आपको बहुत लेट मिलता है लेकिन हमारी साइड से क्या जो डिलीवरी अब देते हैं ना दो से तीन दिन के अंदर आपका फोन आता और फ्री डिलीवरी रखिएगा वीडियो को प्यार देना ठीक है लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लव यू पीस आउट, बाय